क्या कहा तुमने मेरे अंदर बुरी आदतें नहीं है मुझे भी कोई बुरी आदत नहीं है देखा, आप दोनों अभी वही कह हैं। रहते है। और नाम और जी निकालकर लगाती देखो नोबिता मैं अपनी पीठ खुजा रहा हूँ और ये बुरी आदत चीज लग रही है तो आखिर ये है क्या इस चीज से हम बस बॉल तो नहीं खेल सकते बदला इन भी चाय ना ठंडी हो जाएगी। <laughs> उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा क्या करूं? मुझे तो ये बुरा लगा हा? कैप्टन के सबसे तेज बिग बैट बॉल के बदले मैंने अपनी बहुत तेज और ताकतवर जंपिंग चैन बॉल बनाई है सुनियो इसे पकड़कर बॉल पकड़ो। मेरे लिए आए हो थोड़ा अच्छे से घुमाओ समझे सुनियो अच्छा कंट्रोल करता है की वजह से यह टीम यहां तक सामना मेरा और तुम्हारा